हेलो फ्रेंड कैसे आए वो अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह कंटेंट और मैं लेकर करके आया हूँ तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो हमारा ओप्पो की फाइल ओ फाइल जो आती है उसको हम कैसे ट्रैक करते हैं बिना किसी डोंगल के किसी बिना टूल के हम आपके एफ पी फाइल को स्ट्रैक करने वाले हैं ना कि यू ना कि यू किसी भी एनी बॉक्स कोई भी बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे और फाइल को कैसे स्ट्रैक करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए हम जब फाइल डाउनलोड करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा इसको आपको करना है अंजित तो यहाँ पर स्ट्रैक टू आप कर लोगे जैसे आप इसको स्टैक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ओए फाइल देखने को मिलेगी अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप ओप्पो की फाइल आप डाउनलोड करोगे तो ओप्पो या रियलमी आपको यहाँ पे ओ फाइल दिखा देगी अब ये ओ फाइल या तो आपका मीडियाटेक होगा या तो कॉलकम होगा जब आप इसको स्टैक करोगे तो अगर मीडिया टेगा तो स्केटर आ जाएगा कॉलकम होगा तो फायरस डॉट एम आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ओ फाइल है और ओ फाइल को हम कैसे स्टेक करते हैं बिना किसी टूल के तो आप स्टेप बाय स्टेपेपेपेपेप देखेगा और वीडियो को लास्ट इंटर देखेगा तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हम इसे कैसे स्टेक करते हैं तो चलिए एक टूल है हमारे पास वेबिस का एक टूल है तो ये टूल में मैंने पैकेज है आपको राइट तो आप क्लिक करना है मतलब ओपन कर लेना है स yes, कर लेना है बहुत इजी तरीके से बिना किसी बॉक्स और कोई भी वर्जन यहाँ पे वर्जन का भी इशू नहीं है फ्री में आपका हो जाएगा तो देखिए इंटरफेस खुल चुका है ये टूल बेसिकली जो आप एम टूल आप यूज करते हैं उन्हीं का एक टूल है एम का ही आपका स्क्रटर टूल है यहाँ पे तो करना क्या सारी चीजें तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले आपने फाइल देना है जो आपकी ओएफ फाइल है तो हमारी फाइल रखी हुई डेस्कटॉप पे ये देख सकते जो हमने स्ट्रेक की हुई थी तो इस फाइल को आपको ले लेना है और देखिए हमारी फाइल यहाँ पे लोड हो चुकी है उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड आपको लोकेशन लेना है जहां पे भी आपको इसको स्टोर करना है तो मैं भी डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ न्यू फोल्डर में चला जाता हूं तो स्टैक का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो जैसे सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए स्टेक का बटन आ रहा है सिंपल और सिंपल हमें यहाँ पे स्टेक पे क्लिक कर देना है जो भी वर्धन की फाइल होगी यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत इजी तरीके से स्टैक हो जाएगा आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगाए नेक्स्ट वीडियो में या इससे पहले आपने हमारी काफ़ी सारी वीडियो देखी है कि हम फाइल को कैसे स्ट्रैक करते हैं या फिर कैसे फ्लैश करते हैं मीडिया टेक् को कोई भी फ़ोन हो चाहे वो रियलमी हो चाहे वो ओप्पो हो चाहे वो वीवो हो कैसे हमें फ्लैश करना है वो सारा चीज़ हमें आपको दिखाया हुआ है मैंने स्ट्रैक करके नहीं बताया था तो मैंने सोचा एक छोटा सा स्ट्रैक करके भी बता दें आपको ये बिना किसी टूल UMT Miracle या फिर जो भी है एनी टूल अनलॉक टूल कोई भी टूल यूज़ मैंने नहीं किया हुआ है ये MCT का ही टूल है जिसमें आप औोत को बाईपास करते हैं और वही टूल है उसके क्रॉडिंग उन्हीं का टूल है ये तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे यूजर डाटा अभी हो रहा है तो अभी आपको जहाँ पे वो स्टैप हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये हमारा स्टैप हुआ कि नहीं हुआ और ये वर्क करता है कि नहीं करता है इसके बाद भी मैं एक नेक्स्ट वीड बना दूँगा कि कैसे इसको ये हमारा जो फाइल स्ट्रैक हुआ है कि एक्चुअल में काम करता है नहीं करता है तो आपको जहाँ पे आपने सेव किया था आप डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हो बाकी आप इसको एक बार क्लिक करोगे तो सीधा इसके लोकेशन पे भी आप पहुँच जाओगे तो स्ट्रैक और ये देख सकते हैं हमारी इसकेटर में आ चुकी है अगर हम इसको बैग जाएँ उसकी साइज को अगर हम मैंसन करें तो इसकी साइज़ आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे पाँच की फाइल दिख रही है और ये जो हमारी स्ट्रैक वाली फाइल थी ये हमारी दो की समथिंग फाइल है टू तो ये जो हमारी पर्टिकुलर स्टेक हो चुकी है और 100 परसेंट वर्क करेगा अभी कैसे काम करता है नहीं देखा है आपने तो हमारे वीडियो में आप जा करके देख सकते हो कैसे हम फ्लैश करते हैं तो ये ओर पी फाइल को स्टेक करने का बहुत ही इजी तरीका आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में